नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनोज सिंह टाइगर और आप लोगों का प्यार आप बतासा चाचा दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल बतासा चाचा इंटरटेनमेंट को आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार ने एक लाख सब्सक्राइबर के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया इस एक लाख सब्सक्राइबर के लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद ढेर सारी प्यार ढेर सारी मोहब्बत ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए दोस्तों लव यू